फेविक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ब्लू है जो कि कुछ ही सेकंड्स से में किसी भी चीज को चिपका सकता है लेकिन क्या ये इंसान को चिपका पाएगा चलिए देखते हैं इसमें क्रेजी एक्स के अमित भाई एक प्लाई में बैठकर 50 फिफ्टी एम की चार फेविक डाल देते हैं और इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए ऊपर ऐसी ढूल डाल देते हैं इसके बाद इनके साथ लोहे ऐसी बनी फ्रेम के ऊपर इन्हें लटका देते है और धीरे धीरे छोड़ देते हैं लेकिन ये क्या वाकई ब्लू इंसान को छत पे चिपका सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग